एग्जांपल कोई बंदा है उसकी सोच है कि मुझे तो एक टॉप स्टार बनना है कि मतलब बॉलीवुड में डेली मतलब बॉम्बे में अगर आप लोगों को पता हो तो डेली हजारों लोग ट्रेन करते हैं हीरो बनने के एक्टर बनने के नहीं हीरो बनने के तो सबको तो हीरो बनना है <laughs> क्या होता है उन लोगों का हाल अच्छा होता है बुरा होता है क्या कभी उनको हमने देखा जाकर के प्रैक्टिकली उन लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है क्या क्या हालत होती है मैंने देखे कहा अंदर दिखाने के आया है बहुत बुरी हालत होती है इतनी बुरी दिशी नहीं हर तरफ से पिछले हुए होते हैं क्यों मर रहे हैं तो तो उनको जीरो बन जाए अगर उनको कोई सपना दिखाएगा कि हाँ या उनको कोई रास्ता मिलेगा बना लेकिन जो तो मैं कहूँगा वो वो कर तो करेगा या मना करेगा अंदर बचा क्या सोच तो रहे हो अगर दुनिया जानकर उसको तो गलत काम करने पड़ रहे हैं वो बनने के लिए वो करने के लिए वो करना चाहता है वो बंद ही अंदर कुछ बचेगा नहीं तब अंदर साल में कुछ बचेगा ही नहीं चक्ट देखोगे तो सब कुछ नकली होगा वहां पर नकली हंसी नकली सक्सेस अंदर से तब खो तब खाली तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है लाइफ को जीने का अगर तो बंदा समझ पा रहा है तो वो क्या करेगा में क्या हीरो हीरोन सब एक्टिंग एक्टर बनना है? एक्टर कौन है एक्टर के लिए क्या बड़ा क्या छोटा <laughs> समझ रहे हो अगर कोई एक्टर है तो उसके लिए स्टेज बड़ा छोटा नहीं होता है हीरो के लिए बड़ा छोटा होता है कि ये छोटा स्टेज है मैं यहाँ पे कैसे आऊँगा समझ रहे हो